सुनो जी हाँ सुनो ये तो पहले वाली से भी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है। आ, और इसका रंग भी बहुत साफ है

बहुत साफ है, बहुत बहुत साफ और ये सफाई भी ही शानदार करती है सही में, बहुत साफ करती है हाँ। मेरे भी दिल को छू गई मेरे भी बिलकुल छूट गयी और भी बहुत चलती है। तो चलेगी देखो तो कितनी

अभी मैं बस सेकंड में आई क्या कह रहे थे आप बड़ी स्मूथ लग रही है आपको हाँ नहीं हाँ मैं तो मशीन की बात कर रहा था

अच्छी सफाई है ना? मशीन कपड़े कपड़े मुझे लग रहा है थोड़ा सा तो दिमाग की जरूरत है

कुछ तो बता दो मेरे घर में एक समस्या चल रही है मुझे कोई छूटने वाला ही नहीं है इतनी सी बात ये तू थी मां गाड़ी में तोड़फांन और मैं सब तो नहीं रहा कहां दूं और

यस यस आज तो मजे आ गए घूमने जाऊंगा ये ना ला ला। ना ला ला। ना ला। तो भाई जी कहाँ पे है आपका <laughs> भाई जी के घर जाना है आपको में, में,

तो बेचार माई जी को लेकर जाना है नहीं उसको नहीं मां का